जब तेरी याद आएगी तेरे को में रोया करूँगा जब तेरी याद आएगी तेरे यश में रोया करूँगा मैं जब तेरी याद आएगी तेरे यशको में रोया करूँगा मैं मुस्कुराना भी तुझे से सीखा है दिल गाने का तू ही तरीका है अतबार भी तुझी से होता है रहू ना होश मैं मैं कभी बहु में है तेरी जिंदगी है हो हो, हो, हो, हो सुन मेरे हम सफर क्या तुझे इतनी सी भी खबर कि तेरी साँस चलती जिधर रहूँगा बस वही उम्र भर रहूँगा बसुही उम्र भर है हो हूँ <laughs>